नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल इस समय फतेहाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि फतेहबाद के सनियाना गांव के पास में भाखड़ा नहर में एक कार सवार पूरा परिवार गिर गया पति और उसके साथ एक बच्चा तथा चार साल के बच्चे की मौत हो चुकी है पत्नी की तलाश जारी है कार सवार परिवार फतेहाबाद के गांव ढाणी डू का रहने वाला है और चालक कार चालक परिवार के साथ अपनी ही गाँव जा रहा था रास्ते में सनियाना गांव के पास में कार नियंत्र अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। फिलहाल बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है नहर में बही महिला की अभी तलाश जारी है फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है पलपल फतेहाबाद से राजेश भां की विशेष रिपोर्ट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 ये मेरी थोड़ी बात है थोड़ा आपको करना पड़ेगा अरे देख तो कहां डाल मारा चलो और मत आना हेड में से पीछे लग रहा है साइड में अच्छा जा पीछे जा पीछे जा अंदर उधर जाओ सुनना जो पूछना था उधर उड़ना यार साइड वाला गाड़ी उड़ा कर गया यार इतना बढ़िया बिजली आप पे कर देंगे आप अगला शीशा बैठ गया आज रात हमारे गुन्ना थाना में इंफॉर्मेशन मिली के एक मनोज सोनी नामक व्यक्ति जो बुनाकर रहने वाला है अपनी ससुराल नरवाना से बुना रहा था तो रस्ते में सनियाणा के पास उसकी नहर में गाड़ी गिर गई जिसमें मनोज सोनी नामक व्यक्ति को बचा लिया गया उसकी पत्नी और उसका बेटा दोनों नहर में डूब गए जिसमें उसके बेटे जिसकी आयु करीब चार वर्ष है उसकी डेड बॉडी को बरामद हो चुकी है और उसकी पत्नी की डेड बॉडी की तलाश जारी है